अक्षुतम के कृष्ण दामोदरम राम नारायण के वल्लभम जान की वल्लभम कहते है भगवान कौन कहता है भगवान नहीं खाते नहीं कभी कह बोला कि नहीं